ईश्वर की कृपा से से मम्मी पापा पापा पापा का विशेष जोर था किसान परिवार करते थे पापा थे गवर्नमेंट ने एक ही बात बोली थी कि आपको सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है पढ़ना है पापा ने डबल में बीएड कराया और जब कोई भी लड़की है जब पढ़ती है तो उसके बाद में एक ही चीज होती है शादी yes no? yeah. तो शादी के लिए भी पापा तो ईश्वर की विशेष कृपा से मुझे भी ऐसे पति का साथ मिला जो गवर्नमेंट एम्प्लोई है गवर्नमेंट टीचर संदीप राणा जी के साथ मेरी शादी हुई 2012 में करना चाहती है तो अपना शुरू और मैंने अपने शायद मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने बहुत ऑडियो वीडियो में सुना है कि ईश्वर उन्हीं के साथ होता है जो लोग कुछ करना चाहते हैं और इसी वजह से मुझे शेट्षोक मिली। शेट्षोक मिली, प्लान अच्छा को उट हाँ जो जो जो और, जो जो जो जो और क्वेश्चन तो yeah! बात ये हो जाती है कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो जिसने प्लान दिखाया है उससे लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो और लोगों की बात सुनकर छोड़ देते हैं को मैंने रिजेक्शन के पर ना एक के एक चैलेंज रूप में लिया लिया क्योंकि मेरा विजन विजन और मेरे का बिल्कुल क्लियर था क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि क्या होता है उससे पहले महागुरु जी के घर पर जाने का मुझे मौका मिला इनके घर की ओपनिंग हुई और कृष्ण बड़ा सेटअप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। है। है, है, तो चरित्रेषभूषा बहुत अच्छी लगेंगे अपने आचार विचार को अच्छा लगेंगे और ईमानदारी के साथ दिल से यदि तो हम इस आंदोलन में जो हमने और कहीं चिंगारी उठ चुकी है इस चिंगारी में हम और सोनी दीदी सीमा सोनी मैम और शिवानी मैम हम।, हम सभी साथ है सारा परिवार साथ है नीना मैम साथ है मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि तो इस आंदोलन की स्टार्टिंग हो चुकी है I'm a bad boy. सु मांगलू जी कम एक